यार मुझे यार मजा आ रहा है और कार इतनी बुरी तरह यार सुना यार परेशान है क्या है वो दिलसंग में ऐसा और क्या आवाज यार सेटिंग की आवाज आ रही है सेटिंग कुंजी सेटिंग और पांच से वो तो लगाया मैंने दिक्कत बोले यार ये की सेटिंग करके लगे हां यार सुन तो है। वो तो इस लगाए कि पागल है वो क्या तो फिर तो, तो एक जांच पड़ता का है हमें क्या का भी मारी है ये तो तो सेटिंग यार यार तो बाद जा तक हो रही है बात मन नहीं लगा यार करके देखी फिर वो पहुंच गई है तो हम बाप के पास ले चले। ले चले, चले लो बाप चले। से बात करेंगे oh no. तो बैठेगी चलो हैं नाम नाम आज के नाम नाम में नाम नाम में हां ये बताओ के सामने हो जा रहाऊ ताऊ जी तो आई तो छोरी है सपने में आवे क्या करना चाहो सपने में हां ताऊ जी हां भाई ये सपने में आवे छोरी आवे ओह नो अच्छा तो के बात है हम क्या करोगे आपरे समस्या क्या है समझो ये तो हां भाई सपने में आवे हम्म सपने सपने में आ रहे है ना। और सपने में आ ना। साल और आवे हद कर रहा कि ये पब्लिक है चलो। ठीक अच्छा है आज तो तो छोरी छोरी। छोरी साल अरे मैं भवानी को नहीं चला मैं तो बोल रहा था सारे ये जो मेरा बंदा है